नमस्कार पल पल में स्वागत है दोस्तों आज हम आपको लाइव हरियाणा की दो बड़ी बिग ब्रेकिंग बताने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी व जे के बीच समझौता हो गया है तथा आज शाम तक विधिवत रूप से इसकी घोषणा नई दिल्ली में की जाएगी सूत्रों के अनुसार सात सीटों पर जे व तीन सीटों पर आम आदमी चुनाव लड़ेगी दूसरी बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी पहले ही दस में से आठ सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है शेष बचे दो सीटों हिसार व रोहतक पर भारतीय जनता पार्टी आज शाम या कल तक उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है ये उम्मीदवार होंगे केंद्रीय मंत्री विरेंद्र सिंह के आई बेटे बजेंद्र सिंह हिसार से वे अरविंद शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और नाराज़ चल रहे थे उन्हें रोहतक सीट के लिए मना लिया गया है वे उन्हें रोहतक से चुनाव लड़ाया जाएगा अगर यह सूचना हमारी सही होती है तो भारतीय जनता पार्टी जहां जाट व गैर जाट वोटों को साधने की कोशिश करेगी वहीं आई एस बरजिंदर सिंह को दुष्यंत सिंह के मुकाबले में चुनाव लड़ाकर अपना एक बड़ा उम्मीदवार उन्हें देने जा रही है आज इतना ही नमस्कार